वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा मेरे साथ अक्षय है अक्षय कहाँ से हो तुम? हैं और मेरे पास क्यों आए हो और कैसे पहुंचे वो भी बताओ भी उसको हमारे पास एक YouTube चैनल है जो कि ना के बराबर लोग देखते हैं लोगों को हमें पुश करना है ताकि ऐसी चीजें समझा सकें कि आप किस लिए आ रहे हो और उसका क्या फायदा है

आ, मुझे मेरे कमर और हिप और हिप जॉइंट में डिस्कम्फर्ट आ रही थी और मैं काफ़ी टाइम से फिटनेस और जिम में इन्वॉल्व हूँ और इससे पहले मैं कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जा चुका था बट मुझे ज़्यादा बिलीव था कि प्रायो प्रैक्टिशनर थेरेपी और प्राय प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस से मेरे इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है

सर के पास में यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस को देखने के बाद अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट और भी लोगों के बारे में जानने के बाद मुझे सर के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले और काफ़ी अच्छे आ, इनके रिगार्डिंग जो वीडियोज हैं और काफ़ी फ्रेंडली इनका नीचे लगा वीडियो हुई मुझ तो मैंने आ, मुझे अच्छा लगा और मैं चाह कि मैं सर से कंसल्ट करूँ और मैं यहाँ सो व्यूवर्स इसने मैं फ़ोन किया और इसमें बहुत बताया

तो हमने इसको बोला कि और ओला में जा करना हो वो पे कर देना जी, आ, वो इसलिए क्योंकि इसका

डेडिकेशन देख के फोन पे कि ये आना चाहता है तो मुझसे भी रहा नहीं किया कि मैं इसको कि कि इट इज आई एम टू हेल्प यू ये है और जैसे इसने बताया कि इसको डिस्कम्फर्ट रहता है डिस्कम्फर्ट इसकी बैठने की वजह से भी हो सकता है आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है और कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो रहे कितने बार जाते दिन में

सर वीकली सिक्स टाइम्स सिक्स टाइम ना एक ही बार ना जी सर मुझे लगा दो बार नहीं तो नहीं जाना तो है सर एक्स्ट्रा अच्छा तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं फिर वीडियोस देखिए एंटर करा नहीं नहीं सर सीधे लिख तो 100 मिनट का बस एक्सपीरियंस अच्छा करा था तो, अच्छा, तो कपिंग के बाद कैसा फील हुआ कपिंग के बाद बॉडी पहले से टेंशन मसल्स के टेंशन कम थे मेरे बॉडी में और उसके उसके में रिलैक्सेशन फील हुआ ना बट जो

है में में उसके लिए कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, जो आपको muscular, में आपको डिस्क प्रॉब्लम हेल्प किया था, फिर दोबारा पूछेंगे कैसा फील हो रहा है और कैसा महसूस कर रहा है

तो जब मैं इसको फील कर रहा हूँ मुझे साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है। ये लेफ्ट साइड में इसकी देखना चाहूँ तो मुझे फील भी हो रहा है रिलैक्स और अगर मैं इसकी बैक में भी देखू ये चीज हल्की से इधर उठना चालू हुई है ये अगेन

मुझे इसके पाव की तरफ ले की जा रही है पाओं में दिक्कत है ये पैरलेस के आसपास की जो मसल्स है ये मसल्स होती हैं उस पे लोग पर ज्यादा लोट पड़ रहा है और ये यूजली पाव की वजह से ही पड़ता है दोनों और अगर कैमरा कैप्चर कर सकता है तो नरेंद्र आके दिखा दो पास में धीरे धीरे ठीक है साफ साफ नजर आ रहा है इसका में आज नहीं करूंगा ये जिसका राइट पाव है ज्यादा वेट ले रहा है शेप

ये देख सकते हो ये लेफ्ट की भी पतली लग रही है राइट की भी ज्यादा मोटी है ये देखो यहाँ से बाउंड्रीज बाहर की तरफ जा रही है यहाँ से भी हल्की हल्की ज़्यादा चालू हो रही है और शेप में डिफरेंस आपको कैमरे में अलग से नजर आ जाएगा और इसकी ये हरी आज है तो आप इसके फॉर्म ये देखेंगे थोड़ी जल्दी जरूर है ठीक है छोड़िए बाहर और आज है थर्सडे तो देखिए ये राइट साइड में इसका कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है

ज्यादा उठा हुआ है डालने की ये, ये पाँव ये, ये भी दिखाते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ कम वेट डालता है राइट की तरफ ज्यादा डालता है अब इसमें क्या होता है ये ज्यादा अपनी कमर के साइड से काम करता है ऐसी में ये कुछ भी कर ले कितनी भी दवाइया कर ले

अल्टीमेटली इसको आइए आज को सपोर्ट करने के लिए पे पे करना पड़ेगा, पे नहीं करेगा, तो ये बार-बार मेरे पास आएगा और अगले महीने या एक साल बाद आएगा तब तो तक ये इसका और और हो तो चुका होगा। क्या इसको एडजस्टमेंट से हेल्प मिलेगी बहुत हेल्प मिलेगी ये वापस अपनी नॉर्मल रेंज में जा सकता है नॉर्मली खड़ा हो सकता है लेकिन इस वक्त ये काफी दिक्कत में है क्या इसको जिम में प्रॉब्लम होगी नहीं इसको जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी

इसको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी जब ये कोई भागने दौड़ने की एक्टिविटी करेगा या स्प्रिंट्स करेगा, otherwise इसको कोई दिक्कत में नहीं होनी चाहिए तो गर्दन में तो होगी बट हमें यहाँ पे चेंजेस नजर आ रहे हैं सारी चीजें और क्योंकि आप अभी देख नहीं पा रहे जो आप वीडियो देखोगे

तो तो तो क्लियरली समझ आ जाएगा मैं आपको दिखा so, मैंने तो मैंने पिक्चर अपना बैक किया। देखा कि मेरे वो तो पाओ में नजर आ रहा है टिल्ट क्यों रहता है क्योंकि आप खाई आजमेंट करता हूँ बस आप समझ ही गए होंगे

Easy, Easy. Nice. Yeah. करेंगे. थोड़ी ज़्यादा उटीस देखा करो शेयर किया करो लाइक किया करो ताकि हम भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सके बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। करेंगे. Easy. Nice.

खाली right. सीधा mm -hmm.

इसकी कितने अलग शेप नजर आ रही है पांकी शेप भी देखो इस तरह का कम काला है इस तरफ का ज्यादा काला है सजा जहां ज्यादा वेट पड़ेगा वहां चीजें पों की और आई आज अल्टीमेटली लग गया

धीरे धीरे ये भी हल्का सा सामने लग गया हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप यहां से भी देख सकते हो पीछे से भी देख सकते हो पाव मिला लो अरे ये पाव ज्यादा चौड़ा हो गया देख रहे हैं

जो में में और में ये हो हो तो, तो होती है है है थोड़ा करके देखना कैसा लग रहा पहले से कम गई आज नींद अच्छी आएगी और आगे भी हो है अब को इम्प्रूव होगा गर्ट की बिना देखे हुए

सही मैं जैसे बताना आ, के नियर बाय जो मेरे टेंशन फील होता था और जो रहता था, उसमें मुझे मुझे अभी चलने के दौरान मुझे कम फील हुआ पहले की और बस ठीक। so, ये इसकी स्टोरी थी अक्षय की अक्षय जो कि बिहार से है पटना से है और बेटर

तो ये दिल्ली में आया है तो मैं इसको बोलूंगा कोई तो भी दिक्कत हो, देखकर तो दे सपोर्ट यू, और बिहार पटना कोई छोटी जगह नहीं है जो तू बोल रहा था, ठीक है बिहार पटना भी बड़ा ही है और दिल्ली और बिहार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा बट एक चीज अब तू भी फील कर रहा है कैनरे में शायद से फील नहीं होगा बट ये देखो ये शोल्डर किस तरफ का इस तरफ का ये उठा हुआ शोल्डर दिख रहा है उठा हुआ है

शो शोल्डर झुका हुआ है यहाँ तक ये इंबैलेंस हो चुका है और जो मैं बता रहा था वो तो मेरी चैनल पर जाके देखना आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है पाओ के सस्पेंड के बारे में पाँव के करेक्शन के बारे में जिसमें इंसोल का हम यूज करते हैं उसी से ये बैलेंस होगा क्योंकि पाँव एक लेवल पे नहीं पड़ता एक पाँव दूसरे पे पड़ता जैसे आपने भी फील किया है उसी को ठीक करना तो ठीक हम पाँव से ही करेंगे आप हाई आज हो

और जब भी नेक्स्ट टाइम आओगे हम आपका सस्पेंड भी करते दिखा देंगे वो बता देंगे इंसूल कैसे दस पंद्रह में रेडी हो जाती है सो थैंक यू व्यूबर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छे अच्छी स्टोरी ठीक लगी और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर करें पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें हम आपके सवालों के साथ जवाब इंस्टाग्राम कर थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्टिंग प्लस